आखिर बच्चों का इंतजार खत्म हुआ कोविड की वजह से तीन साल से परेड में बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा था और न ही इतने धूमधाम से हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जा रहे थे लेकिन इस वर्ष 26 जनवरी को फुल परेड भी होगी और इसमें बच्चे भी शामिल होंगे साल 2023 की 26 जनवरी की परेड खास होने वाली है कोविड की वजह से जो पाबंदियां गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस की परेडों में लगी हुई थी अब वो हटा दी गई है इस साल फुल परेड भी होगी स्कूली बच्चों को भी परेड में शामिल किया जाएगा